तो हेलो गाइस कैसे हो आप लोग उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे मैं आप लोगों से बहुत नाराज़ हूँ मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए इतनी कंटेंट लेके आता हूँ और सब फ्री लाता हूँ लेकिन आप लोग यार सपोर्ट ही नहीं करते हैं मैं इतने बैकग्राउंड नॉइस में भी मैंने क्लासेस ली हैं लेकिन उस पर भी व्यू नहीं है और मुझे लगता है इस वीडियो पर भी व्यू नहीं होगा तो गाइस प्लीज सपोर्ट करें अभी नया नया चैनल है इसलिए इस पर व्यूज भी नहीं आ रहे हैं तो मुझे भी इरिटेशन हो रही है और मेरा भी मन नहीं करता कि मैं वीडियो बनाऊं लेकिन मैं जानता हूं कि स्टूडेंट को क्या चाहिए वो हर सवाल मतलब खोजता है कि ये सर से क्या पूछा जाए कि उसका ज्ञान बढ़े और कई इंस्टीट्यूट में तो ऐसा मैंने देखा है कि बच्चे सवाल कुछ पूछते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है कि ये सवाल नहीं है कभी आप लोग भी अपना ट्राई कर कॉलेज कॉलेज से ज्यादा इंस्टीट्यूट में होता है ऐसा इंस्टीट्यूट वाले नहीं बताते हैं तो प्लीज गाइज सपोर्ट करिए और आपका जो भी सवाल हो कमेंट में बताइए मैं बताऊंगा तो गाइज प्लीज सपोर्ट करिए इस नए चैनल को चलिए देखते हैं आज के सेशन में मैं फिफ्टी क्वेश्चंस ले आया हूँ ट्रिपल सी के जो ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप लोग देख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे बना रहूं तो प्लीज़ लाइक जरूर करें मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ अगर ये वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लाइक तो कर दीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए लेकिन कमेंट में मुझे बता दीजिए इस वीडियो में आपको क्या खराब लगा तो मैं उसे सुधारने की जरूर कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को और अच्छी वीडियो मिल सके चलिए स्टार्ट करते हैं तो हेलो दोस्तों मैं लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए कंप्यूटर के कुछ ऐसे ही आज अनोखे तो सवाल जो हर कॉम्पिटिशन के लिए इम्पोर्टेंट है आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीपल सी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकिन हाँ स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आप लोगों का बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि मैं इतनी मेहनत से कंटेंट ला रहा हूँ हाँ हालाँकि जो हमारे हमने इतनी क्लासेस लाया हुए उसमें बैकग्राउंड नॉइस बहुत है लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है लेकिन फिर भी आपका कोई सपोर्ट नहीं है तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें और अगर आप कुछ सीखने आए हैं तो वीडियो को स्किप ना करें पूरा देखें बाद में आप कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन वर्ल्ड काउंट पर जो हम लोग वर्ल्ड काउंट होता है दिखाऊंगा कहाँ पे पर क्लिक करने पर यह एरिया दिखता है कैसा वर्ल्ड काउंट होता है जब आप एमएस ऑफिस खोलते हैं तो आपके राइट लेफ्ट साइड में यहां पे देखेंगे जो वर्ल्ड काउंट है उस पर क्लिक करने पर कौन सा एरिया दिखता है क्या उसमें दिखता है कुल भ्रष्ट संख्या दिखती है उसमें कितने पेज हुए हैं अब तक कितने लेटर काउंट हुए हैं वो दिखता है या फिर कुछ ही शब्द दिखते हैं या कैरेक्टर दिखता है या पैराग्राफ दिखता है या लाइनें दिखती हैं या ये सब दिखते हैं तो आपको दिखा देते हैं मान लीजिए ये हमारा है विनवर्ड ओपन करा विनवर्ड हमने ओपन करा तक हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जब तक वो खुलता है याद रखिएगा कि इसका सही आंसर है कुल प्रश्न संख्या कितने प्रस्ट हैं कितने लेटर्स हैं उनकी संख्या दिखती है अब इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है ये बताना पहले याहू डॉट कॉम पीरोम लैंड इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है ये बताना है इस क्वेश्चन तो ये है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन है लैन सर्च इंजन है वैन सर्च इंजन है, की तीनों आंसर्स गलत है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट याहू डॉट कॉम मेरे इस क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था कि कई लोग होते हैं बस सर्च इंजन पढ़ा टिक लगा दिया ये नहीं देखते है कि आगे लिखा क्या है वो सर्च इंजन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है उसका सही आंसर है याहू डॉट कॉम आगे जो पावर पॉइंट होता है एमएस ऑफिस में उसमें एड इन हम लोग करते हैं उस सॉफ्टवेयर में से डाटा का डिस्प्ले कर सकता है कौन कर सकता है डाटा का डिस्प्लेक्सवेशन एडिटर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या फोटो एल्बम हम इन तीनों के माध्यम से अपने डेटा को और सुंदर बना सकते हैं डिस्प्ले करने के लिए तो ये हमारा तीनों सही है चलिए एक बार देख लेते हैं वर्ल्ड बुला बुल गया अपना वर्ड यहाँ वर्ड काउंट की बात हो रही थी हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं देखिए जैसे हमने स्पेस दबाया ये तो दो दो वर्ड हो गए तो यहाँ पर वर्ड्स काउंट होता है और पेजेस भी काउंट होते हैं ट्रस्ट हो गया पेज बोलते हैं ट्रस्ट पेज और वर्ड ये दो चीजें काउंट होती हैं आप जब तक ये टाइप करते जाए जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा हरीश अरविंद देखिए ये दो वर्ड्स हैं जहां आप स्पेस दबा देंगे तो वहां से हमारा वर्ड्स कट जाएगा आगे काउंट हो जाएगा टू वर्ड्स होगा हैं। क्वेश्चन हैं। नंबर फोर आउटपुट तैयार करने के लिए उसमें क्या क्या शामिल होता है बाहरी विश्व की सूचनाएं स्वीकार करना या सूचना मूव करना दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना या बाहरी विश्व को सूचनाएं कम्युनिकेट करना मतलब जो आउटपुट तैयार हम लोग करते हैं आउटपुट तैयार होने का मतलब क्या है कि हम लोग जो सूचनाएं हैं उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं वर्ल्ड में फाइल फाइल क्या होती है फाइल फाइल सूचना का एक संग्रह होता है जिसे एक नाम दिया गया होता है और उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता है या फाइल एक प्रोग्राम होता है प्रोग्राम का भाग फाइल डाटा स्टोर करने के लिए मुख्य स्टोरेज का एक भाग होता है या फाइल फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम है हमारा सही आंसर है फाइल सूचना का संग्रह है जिसे एक नाम दिया गया है और उसको स्टोर कर दिया गया है हमने कोई भी फाइल बनाई कुछ हाँ जैसे अभी हम लोगों ने टाइप करा था उसको सेव कर करे सेव करने के बाद उसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं और वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है क्विक एक्सेस टूल बार के अंतर्गत आता है क्या आता है सेव आता है अंडू आता है रीडू कमांड आता है या ये सभी आते हैं सही आंसर है अंडू कमांड आता है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर इनमें से एक विषम का पता लगाएं कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या रजिस्टर या प्रिंटर तुम्हारा सही आंसर है प्रिंटर वर्कशीट का डिफॉल्ट हेडर क्या होता है आपका नाम हो सकता है तरीका या तारीख या समय शीट शीट का नाम क्या शीट वन ही लिख के आता है या इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं हेडर पे तब तक कोई नाम नहीं आता जब तक आप सेट नहीं करते जो कंप्यूटर प्रोसेस को नियंत्रित करता है वे डाटा को नियंत्रण निरतर डैश में स्वीकार करते हैं डाटा हाईवे इन्फाइनाइट लूप या स्लॉट या फीडबैक लूप, हमारा तो सही आंसर है इनफनाइट लूप। टेंथ क्वेश्चन वर्ल्ड शीट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्या सिलेक्ट कर सकते हैं पूरी वर्कशीट सेलेक्ट कर सकते हैं रो सेलेक्ट कर सकते हैं या कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ हम ये तीनों सेलेक्ट कर सकते हैं तो हमारा सही आंसर है एबीसी तीनों भारत में सिलिकॉन पार्टी स्थित है कहाँ पे है ये जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में ये हमारा बेंगलौर में बैंगलोर में अब सेल एंट्री कर रहे हैं एक जनवरी 2010 को संभवता एक्सेल समझती है एक क्या अगर हम लोग सेल एंट्री कर रहे हैं तो लेवल समझती है वॉल्यूम वैल्यू समझती है या फॉर्मूला या टेक्स्ट तो जब सेल एंट्री कर रहे हैं तो वो वैल्यू समझेगी वैल्यू क्या है कितनी है क्या है वैल्यू ये राउटर वह कंप्यूटर नेटवर्क उपकरण है जो किसी डेटा को कहीं से कहीं भी भेज सकती है राउटर के द्वारा जो दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच जंक्शन का कार्य करता है या नंबर तीन सूचनाओं को मंजिल तक पहुंचाता है तो हमारा सही आंसर है सभी ये सभी कार्य राउटर द्वारा संभव है टीसीपी का पूरा नाम क्या है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसमिट ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन सर्किट प्रोटोकॉल या टोटल कॉल प्रोटोकॉल तो हमारा सही आंसर है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बूट सेक्टर वायरस को डैश नाम से भी जाना जाता है सिस्टम वायरस प्रोग्राम वायरस मैक्रो माइक्रो वायरस या इनमें से कोई नहीं इसे हम लोग सिस्टम वायरस के नाम से जानते हैं बूट सेक्टर में जो वायरस किस जो आता है उसको किस नाम से जानते हैं सिस्टम वायरस डाटा बेस टेबल में इंफॉर्मेशन की कैटेगरी क्या कहलाती है हम टपल कहलाती है फील्ड कहलाती है रिकॉर्ड कहलाती है या इनमें से सभी हर कोई जो डाटा बेस में हम लोग टेबल बनाते हैं उसकी जो इंफॉर्मेशन की कैटेगरी है जो कैटेगरी है तो वो फील्ड कहलाती है फील्ड कहलाती है ये हमारा सही आंसर है फील्ड डिलीट की गई फाइल पे जाके स्टोर हो सकती है टास्क बार में माय कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट में या रिसाइकल बिन में रिसाइकल बिन में डिलीट की हुई फाइल चली जाती है आप इसको वहां से हटा भी सकते हैं कि आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में ना जाए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा हो सकती है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा हो सकती है इनमें से क्या है कि कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस यानी वार्तालाप चर्चा और ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि उसे क्या करना है कंप्यूटर और उसके डेटाबेस के बीच परिचर्चा करना या कंप्यूटर के घटक जो लक्ष्य पूर्ति का कार्य करते हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा वो है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं जो हमें काम करना करने के लिए बताते हैं कंप्यूटर को कि यूज़र आपसे क्या चाहता है क्या करना चाहता है तो ये अनुदेश देना कि कंप्यूटर को क्या करना है तो ये काम सॉफ्टवेयर करते हैं स्टोर्ड डाटा जो है हमारे पास उसकी जानकारी को एक्सेस करने के लिए सबसे शीघ्र गति वाला घटक कौन सा है मुख्य मेमोरी है ये हमारा मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी भी इसे बोलते हैं शोध या जो सर्च करते हैं सर्च में जो कुंजी है कि फाइल ट्यूनिंग द्वारा शोध की सटीकता रिसर्च को बताती है ऑपरेटर्स कंपाउंड्स लिंक्स या इंटेलिक्स सही आंसर है ऑपरेटर्स सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज और प्रोग्रामिंग जो है प्रोसेसिंग को एक ही लोकेशन में रखना कि माई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टोरेज और प्रोसेसर को एक ही लोकेशन में रखना क्या कहलाता है सेटेलाइट सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग कहलाता है होस्ट कंप्यूटर कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाता है सही आंसर है प्रोसेसिंग नए वेब पेज पर नेविगेशन हेतु ब्राउजर के डैश में यूआरएल करके एंटर प्रेस करें तो डोमेन बार होती है वो जहां पर हम लोग अपना एड्रेस डालते हैं वेब पेज का सही आंसर है डोमेन एक्सेस बुक वर्क से आप इन तक हाइपर लिंक बना सकते हैं कंपनी इंटरनेट पर एक वेब पेज तक बना सकते हैं इंटरनेट पर एक वेब पेज तक बना सकते हैं ऑफिस आने के अन्य एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स पर बना सकते हैं या इनमें से सभी तो हम इन सभी पर एक हाइपरलिंक बना सकते हैं MS -DOS में डिलीट फाइल को पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि तुरंत यह कमांड दी जाए कौन सी कमांड अनडिलीट की कमांड एम एसडोस में जब हम लोग देते हैं तो डिलीट की हुई फाइल को पुनः प्राप्त कर लेते हैं की एक्सेस में ऑपरेशन का क्रम है तो हमारा सही आंसर है बी एक्सोमोन का लंबा नाम है ये आप पढ़ लेना एमएसो यूजर इंटरफेस है जिसका इस्तेमाल सरल को कहलाता है यूजर सिंपल यूजर फ्रेंडली यूजर हैप्पी, यूजर सही आंसर है यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित में से बने होते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर डिवाइसों से बने होते हैं किसी डॉक्यूमेंट में जो पेज नंबर होते हैं पेज नंबर प्रविष्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं इनमें से कौन आपको प्रश्न संख्या प्रविष्ट करने की अनुमति देता है जो प्रविष्ट है वो इंसर्ट मेन्यू में आपको दिखाई देगा पेज नंबर इंसर्ट मेन्यू में आपको दिखाई देगा इंसर्ट टैब में तो हमारा सही आंसर है इंसर्ट मेन्यू निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से तत्कालीन प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड किया जा सकता है स्लाइड पैनल पर राइट क्लिक करके नई स्लाइड चुन सकते हैं इंसर्ट मेन्यू में जाकर नई स्लाइड चुन सकते हैं और टूल बार में नई साइड स्लाइड चुनकर ला सकते हैं नई स्लाइड ये हमारे सारे आंसर सही हैं। अब वर्कशीट के प्रिंट प्रव्यू में पूरी वर्कशीट दिखती है चुनी हुई रेंज दिखती है या वर्कशीट का एक्टिव भाग दिखता है तो तीनों वर्कशीट के प्रिंट में ये तीनों चीजें आती हैं। दोस्तों, अगर आप लोग तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें अपना सपोर्ट जरूर दें मैं इतना सोच रहा था लाने के लिए मैंने किया भी था तो बैकग्राउंड नॉइस बहुत आती थी लेकिन उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं मिला प्लीज इस वीडियो को जरूर सपोर्ट करें। कंप्यूटर की नियंत्रण इकाई कहलाती है जो तो कंप्यूटर को पूरा नियंत्रण करता है कीबोर्ड करता है हार्ड डिस्क करती है माउस करता है या सीपीयू सीपीयू कंट्रोल करता है पूरे तो कंप्यूटर कोसके एग्जाम्पल है ये सीरीज के एग्जांपल है पावर पॉइंट विंडो में टाइटल बार कहलाता है मतलब कहां स्थित होता है तो सबसे ऊपर पावर पॉइंट में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है रिबन पर आप किस में चार्ट ऐड कर सकते हैं इंसर्ट में जाकर चार्ट ऐड किया जा सकता है डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है इनमें से कौन सा जो है डाटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है टेबल है क्वेरी है रिपोर्ट है रिलेशनशिप डाटा बेस ऑपरेटर ऑब्जेक्ट नहीं है कंप्यूटर और इंटरनेट द्वारा संचालित आधुनिक व्यवसाय कौन सा है ईमेल, मेल ई मीडिया ई बिजनेस ये सभी इंटरनेट द्वारा संचालित आधुनिक व्यवसाय हैं। माउस है. और कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर डैश प्राप्त करता है माउस और की की सहायता से इनपुट प्राप्त करता है डिजिटल कंप्यूटर पर सिद्धांत पर कार्य करता है कि सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कंप्यूटर सिस्टम कार्य करता है वेबसाइट एड्रेस एक विशिष्ट नाम है जो वेब पेज पर वेब ब्राउजर की पहचान करता है कौन सी पद्धति अपनाकर मानक सीडी प्लेयर डाटा जानकारी एक्सेस करता है तो क्रमिक एक्सेस के द्वारा एक्सेस करता है वर्कशीट विंडो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही वर्कशीट के किस भाग को देखने के लिए प्रयोग की जाती है सुविधाजनक है वो कोई भी भाग हो सकता है विंडो स्क्रीन जो है अगर डिस्प्ले हो रही है किसी वर्कशीट की तो किसी भी भाग से देखा जा सकता है उसे अमेरिका के कई गोपनीय दस्तावेजों का खुलासा करने वाली जूलियन अस्साजे की वेबसाइट क्या है विकिलिक्स है. स्टोरेज मीडिया के रूप में में निम्नलिखित से क्या सीडी रोम के फायदे हैं कुछ मैग्नेटिक इंक की तुलना में सीडी रोम डाटा और जानकारी जल्दी पुनः प्राप्त कर सकती है ये भी सही है और स्टोर किए हुए डाटा और जानकारी स्टोर करने के लिए डीसी जो हमारी सीडी रोम है उल्टा हो गया ये तो सीडी रोम है वो कम खर्चीली होती है ये भी सही है मैग्नेटिक मीडिया की अपेक्षा जो सीडी रोम है कम गलतियां करती है सही मतलब ये सारी चीजें जो हैं सीडी रोम के फायदे हैं सभी सही हैं जो हमारी हिस्ट्री लिस्ट होती है वो वेबसाइट और वो पेज दिख जाता है उसमें जो हम लोग पहले सर्च कर चुके होते हैं उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करता है तो वर्ड प्रोसेसर नहीं करता है विंडो और ग्राफिक्स पैकेज नहीं करता है स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल है ऐसा प्रोग्राम जो रो और कॉलम की संख्याओं की गणना करता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक ये तो सभी जानते हैं चार्ल्स वेवेज को माना जाता है लैंड टोकोलॉजी कौन सी है किस रूप में हो सकती है स्टार में भी हो सकती है ट्रेन में भी हो सकती है बस में भी हो सकती है तो हमारे सारे आंसर सही है उपयुक्त सभी कंप्यूटर सूचना की जिस सबसे छोटी इकाई को समझा और प्रोसेस किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं बिट सुपर कंप्यूटर ब्लू जीन का निर्माण आरबीएम ने किया था और स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहते हैं रूट डायरेक्टरी कहते हैं धन्यवाद दोस्तों उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आया होगा अगर इसी तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज दोस्तों आपका बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा नया चैनल्स नई ग्रो, ग्रो कर सकते हैं आपकी प्लीज सपोर्ट कर